बल बाबू जी महाराज री। आजी सजनों ये रिकॉर्डिंग श्रीदेव स्टूडियो गावा खड़ा भरवाड़ा की ओर से वही श्रीकांत जी मेवाड़ी राजू भाई और गायक किशन देवासी और समुंदर जी साथ में बल बाबू भलाड़ा की